छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के एक चर्च में कुछ युवाओं घुस गए तोड़ फोड़ किया और मां समान मूर्ति को भी नहीं बख्शा सैन्य बल को भी घायल कर दिया खैर अब यह मामला शांत है लेकिन राजनीतिक से इनकार नहीं किया जा सकता नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कुछ युवाओं ने एक चर्च पर आक्रमण कर दिए और तोड़ किए मामला को सुलझाने व शांत करने के लिए सैन्य बल आया तो इनसे भी दो दो हाथ करने पर आमदा हो गए जिसमें कई सैनिक घायल हुए कुछ सैनिकों के सर फट गए चर्च आक्रमणकारियों ने मां समान स्त्री मूर्ति को भी नहीं बख्शा हिंदुत्ववाद के अनुसार इस इलाके में ऐसी कई घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं यह घटना 24 दिसंबर वर्ष 2022 के आसपास की है हिंदू हिन्दुत्ववाच ने इस घटना को ट्वीट करके बताया और इसके अनुसार ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में अनेकों बार घट चुकी हैं इस संस्था के अनुसार पिछले तीन सप्ताह के अंदर इन क्षेत्रों में दर्जनों ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें चर्च के संस्थानों पर हमले हुए हैं और देखा जाए तो कुछ लोगों के द्वारा इन क्षेत्रों में एंटी चर्च का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है सैकड़ों की संख्या में कुछ युवाओं ने नारायणपुर के चर्च पर हमला कर दिए और इसके अंदर तोड़ फोड़ किया चर्च को अस्त व्यस्त कर दिया माँ तुल प्रतिमा को भी नहीं बख्शा लाठी से मार मार करके, मार मार करके करके उसके उसे बर्बाद कर दिया और तोड़ दिया मामला को शांत करने के लिए जब मौके वरदात पर सैन्य बल पहुंची तो इन लोगों पर भी लाठी चला दिया जिससे कई सैनिक घायल हो गए फिलहाल नारायणपुर के चर्च पर हमला का मामला बिल्कुल शांत हो चुका है लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है कि चुनाव का समय नजदीक आता देख राजनीतिक पार्टी ने चाल चली हो इसलिए इस देश में नारायणपुर मामला को अयोध्या के राम मंदिर की तरह एक राजनीतिक पैतरा हो से इनकार कैसे किया जा सकता है भला यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद